ना जाने किस बात पर वो नाराज हैं हमसे ख्वाबों में भी मिलते हैं तो बात नहीं करते उनसे मिलना अब दुआ पे छोड़ दिया हमने सब कुछ खुदा पे छोड़ दिया